मेरी जिंदगी तो मेरे साथ है अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं जान ले लू भी मैं जान दे दूँ भी मैं जान ले लू भी मैं जान दे दूँ भी मैं कोई कीमत चुकाने की परवाह